नमस्कार स्वागत अभिनंदन दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों आज का ये राशिफल कई मामलों में खास रहने वाला है खास इस वजह से क्योंकि छठ पर्व का आज तीसरा दिन रहेगा और प्रोग्राम के अंत तक दर्शकों बने रहिएगा तमाम जो छोटी छोटी जो है किंवदंतियां हैं जो है लोक कथाएं हैं ये भी हम आज आपको बताने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे और क्या महिमा है छठ मैया की छठ माता कौन है तो देखिए दर्शकों ग्रहों के राजा सूर्य देव की बहन है छठ मैया शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कार्तिक शुक्ल इकतीस मिनट तक रहेगी तो तीसरा और महत्वपूर्ण दिन रहेगा इसे डाला छठ के नाम से भी देखिए जाना जाता है शाम के समय डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है और दर्शकों रविवार प्रातः उगते हुए सूर्य की फिर आराधना की जाती है छठ पूजा के साथ ही शनिवार के दिन बहुत ही सुंदर और सारे काम बनाने वाला रबी योग रात्र ग्यारह बजकर एक मिनट तक रहेगा वही जो लोग कोर्ट से रिलेटेड कोई पिटिशन वगैरह फाइल करना चाहते हैं जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मामला चल रहा है तो आप लोग आज का पूरा दिन रहेगा कर सकते हैं तो मे से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है इस पर हम आगे बढ़ते हैं लेकिन दर्शकों आज का पंचांग क्या कहता है ये भी हम आपको बताते हैं और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो है, क्या महिमा है माता की। तो दर्शकों बेसिकली जो छठ पूजा है ये पर्व चार दिनों तक चलता है हमने एक दिन पहले भी देखिए अर्घ देने का प्रावधान बताया था और कोशिश कीजिएगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं सूर्यदेव जब तक की नीच के हैं सत्रह नवंबर तक की तब तक आप लोग प्रतिदिन अर्घ दीजिए ही दीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा तो चार दिनों का यह पर्व चलता है भैया दूज के तीसरे दिन से आरंभ होता है। पहले दिन से, से बना हुआ जो है अरवा पूर्वांचल में बोलते हैं चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है अगले दिन से उपवास प्रारंभ होता है फिर इस दिन रात में खीर बनती है व्रतधारी जो व्रत रहते हैं तो ये लोग भी प्रसाद ग्रहण करते हैं तीसरे दिन फिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ यानी दूध अर्पण करते हैं और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं देखिए दर्शकों छठ पूजा में पवित्रता का ध्यान बहुत ज्यादा रखा जाता है हमने आपको एक तारीख के राशिफल में भी बताया था कि लहसुन का प्याज का गाजर का जो भी तामसी वस्तुएं हैं इनका सेवन वर्जित रहता है जिन घरों में ये पूजा होती है वहां पर इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि ये चीजें बिल्कुल भी ना बने इसके साथ साथ दर्शकों जो है जो जो छठ का है पर्व का व्रत है काफी कठिन तपस्या ये होती है और महिलाओं के द्वारा पहले किया जाता था लेकिन अब पुरुष लोग भी इस व्रत को करते हैं व्रत रखने वाली महिला को परवतीन भी कहा जाता है चार दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना रहता है भोजन के साथ ही सुखद सैया जो लोग भी डबल बेड का सुख लेते हैं के गद्दों का ये लोग सुख लेते हैं ये सब छोड़ छा के जमीन में सोना होता है और दर्शकों एक चीज और बताएं कि ऐसी मान्यता है कि अज्ञातवास के समय जब पांडव सारा कुछ अपना राजपाठ हार गए थे इससे दुर्योधन से तो द्रौपदी ने इस व्रत को उठाया था और फिर इस व्रत के ही पुण्य प्रताप से ही पांडवों को विजय प्राप्त हुई थी इसके साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो है ये जो व्रत रहता है ये कई मामलों में जो है खास रहता है और खास इस वजह से कि देखिए हम आपको बताना चाहेंगे जिनके भी कुंडली में सूर्य नीच का है सूर्य राहू का ग्रह दोष बना है तो वो लोग सूर्य आराधना कर सकते हैं उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा भगवान सूर्यदेव की बहन है छठ मैया ये विशेष कृपा बनाएंगी। तो दर्शकों कुछ प्रयोग बताएंगे यह प्रयोग आप लोग कर लीजिएगा और फिर देखिएगा कि आप लोगों को अच्छा खासा लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा आज के पंचांग पर फिलहाल चलते हैं तो विक्रम संबत 1941 तो एक, एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों आज जो तिथि रहेगी ष्टी तिथि रहेगी शनिवार दिन रहेगा ष्टी तिथि को आपको ध्यान रखना है जो लोग छठ का भी व्रत है आप लोग रहेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि नीम का दातुन आज मत करिएगा के दिन नीम की पत्ती नीम का दातुन करना ये दोष है शास्त्रों में इसकी मनाही है तो आप पूछेंगे दत्वन किस चीज़ का करें आप लोग बबूल का दत्वन कर सकते हैं अमरूद का कर सकते हैं तो आप लोग इसका दत्वन करिए लेकिन कोशिश कीजिएगा कि नीम का सेवन किसी भी प्रकार से मत करिएगा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो लोग इस दिन नीम का सेवन करते हैं उनको नीचे प्राप्त होती है मनुष्य जन्म नहीं मिलता है सूर्योदय की बात करें तो प्रातः छह बजकर बीस मिनट पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर उन्नीस मिनट पर सूर्यास्त की जो टाइम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उत्तराशाढ़ा करण रहेगा कौल इसके उपरांत तैतिल उपरां और अंतिम करण जो रहेगा ये गर करण रहेगा योग रहेगा सुकर्मा इसके उपरांत धृतिक योग रहेगा शनिवार दिन रहेगा चंद्रदेव जो चलायमान रहेंगे दर्शकों तो धनु राशि में मान रहेंगे सूर्यदेव नीच के चल रहे हैं तुला राशि में चल रहे हैं इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज का अमृत काल रहेगा यह शाम को छत बजकर इकतालीस मिनट तक रहेगा और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर एक बजकर चालीस मिनट से दो मिनट तक का इसके अलावा रवि योग रहेगा सुबह छह बजकर बीस मिनट से ग्यारह बजकर दो मिनट तक की दर्शकों राहु काल की बात करते हैं एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि आप लोग शुभ कार्यों को मत करिएगा तो राहु काल का समय रहेगा सुबह नौ बजकर पांच मिनट से दस बजकर सत्ताईस का दर्शकों पूर्व दिशा की ओर शनिवार को दिशा सूल रहता है तो कोशिश कीजिएगा कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा मत करिएगा लेकिन यदि करनी पड़ जाए तो अदरक का सेवन कर सकते हैं आप अदरक वाली चाय पी सकते हैं इसको करके आप सेवन मतलब यात्रा कर सकते लेकिन पूर्व की ओर जाने से पहले आपको पश्चिम की ओर चार पग चलना पड़ेगा चलिए दर्शकों राशिफल पर आगे बढ़ते हमारी पहली राशि आती है मेष राशि और मेष राशि के जातकों सूर्य देव को कैसे आज आपको प्रसन्न करना है तो आज आपका दिन बड़ा उत्तम रहेगा आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं किसी काम में माता पिता की राय लेना मेष राशि के जातकों के लिए बेहतर रहेगा खास करके जो शेयर से जुड़े हैं जो मार्केटिंग से जुड़े हैं इनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल आत्मविश्वास आज बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपके सभी कार्यों में आज सफलता प्राप्त होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज सूर्य देव को प्रातःकाल जल्दी उठिएगा जल से अर्घ दीजिएगा और शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा और क्योंकि देव मेष राशि में देखिए उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं तो आज आप लोग शाम को दूध से अर्घ दीजिएगा और दूध में एक पत्ती केसर डाल लेंगे सूर्य आपका मजबूत हो जाएगा ये आपको छोटा सा प्रयोग करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर जो रहेगा ये रहेगा आज के लिए रेड कलर हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है वृषभ राशि तो आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए काफी फेवर वाला रहेगा आज आपको धन लाभ के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे ऑफिस में आज सभी से पेशेंस होकर के विनम्रता से पेश आइएगा किसी नजदीकी दोस्त के साथ मिलकर के काम करने से आज आपको लाभ मिलेगा जीवन साथी के साथ आज आपका समय अच्छा जो है किसी धार्मिक कलापों में आज आप लोग सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे छात्रों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा सुबह उठकर के आज अपने इष्ट देव को प्रणाम करिए दोनों हथेलियों के दर्शन करिए क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम कर के दर्शन जो हथेली के दर्शन होते हैं आपकी चाहे जो भी राशि हो वृक्ष नहीं है कोई बात नहीं लेकिन कर के दर्शन शुरू कर दें हमारे कहने से प्रयोग आप लोग महीना कर लीजिए धन संबंधी सारी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी तो वृषभ राशि के जात को कर के दर्शन करिए दूसरा दर्शक को प्रयोग क्या करना रहेगा तो प्रातः काल सूर्य को आपको अर्घ देना है जल से देना है लेकिन शाम के समय कच्चे दूध में मिश्री घोल लीजिएगा और इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ दीजिए गायत्री मंत्र से आज आपको अर्घ देना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा नीला मिथुन राशि की ओर पढ़ते हैं तो मिथुन राशि के जातकों आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा घर में किसी मेहमान के आने से खुशी का माहौल रहेगा आज आपके घर में कोई धार्मिक उत्सव हो सकता है आज अपनी बात दूसरों के सामने रखने में आप लोग सफल रहेंगे दोस्तों के साथ आज कहीं घूमने जाने का योग बना रहेगा माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो प्रातः काल देव को आज आपको जल में लाल रोली डाल के अर्घ देना रहेगा शाम के समय जल में आपको कुशा डाल करके सूर्यदेव को गायत्री मंत्र से अर्घ देना रहेगा और आज अपने माता पिता के चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए दंडवत प्रणाम करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा अगली जो राशि आती है ये आती है कर्क राशि तो कर्क राशि के जातकों कैसा रहेगा आज का दिन तो आज आपका दिन सामान्य रहेगा खास करके जो कर्क राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं इनके लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज भाग्य के सारे रास्ते खुले रहेंगे परिवार में वाद विवाद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है आज आप किसी बात को लेकर थोड़े से परेशान हो सकते हैं किसी मित्र से आज अनबन की संभावना रहेगी फालतू की बहस करने से आज, आज आपको बचना होगा पुरानी बातों के कारण कुछ कामों में आज, आज आपका मन नहीं लगेगा जरूरतमंदों को कोशिश कीजिएगा कि आज हरे रंग के वस्त्रों का दान करिए आपकी सभी परेशानी दूर होगी आज प्रातःकाल जल्दी उठ करके भगवान भास्कर के आप दर्शन करिए इक्कीस बार गायत्री मंत्र पढ़िए और शाम के समय संध्या के समय आपको करना क्या रहेगा तो गाय के कच्चे दूध से सूर्य देव को अर्घ देना रहेगा और संध्या वंदन के समय सूर्य गायत्री मंत्र का आपको इक्यावन बार पाठ करना रहेगा कर्क राशि के बाद जो हमारी अगली राशि आती है यह आती है ग्रहों के राजा सूर्य देव की राशि अर्थात सिंह राशि तो कैसा रहेगा सिंह राशि के जात को आज का दिन तो आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा ठीक ठाक रहेगा ऑफिस में काफी अच्छी आज कोई भरोसा मत करिएगा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो प्रातः काल जल्दी उठ करके पीपल के वृक्ष पर आज आपको जलार्पण करना रहेगा और शाम के समय सूर्यदेव को तांबे के पात्र में जल में लाल रोली डाल करके और थोड़ा सा गेहूं डाल दीजिएगा और सूर्य देव को अर्घ दीजिए आदित्य स्रोत का पाठ करिए छठ मैया वो सब आपको देंगी सूर्य देव वो सब कुछ आपको देंगे जिनकी आवश्यकता आपके जीवन में है शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड अगली राशि हमारी आती है ये आती है कन्या राशि दर्शकों देखिये फटाफट आप लोग लाइक करिए इतने मेहनत से प्रोग्राम बन रहा है तो एक लाइक के तो हकदार है तो प्लीज फटाफट आप लोग लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए जो जो लोग भी छटके व्रत हैं कन्या राशि के जातकों आज आपका दिन बेहतर रहेगा आज धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है जीवन साथी के साथ संबंध काफी मजबूत रहेंगे पैसा कमाने के नए नए मौके सामने आएंगे किनसी काम से आज, आज आपके क्या कहते हैं आज आप घर से बाहर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं प्रेम प्रसंगों में आज आपको सफलता मिलेगी आपके दांपत्य जीवन में समरसता आएगी आज मेहनत के बल पर आपके आपों तो को पका हुआ भोजन कराइए दूसरा दर्शकों शाम को जब भी सूर्यदेव को अर्घ दीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज चांदी के पात्र में गंगा जल लेकर के सूर्य देव को अर्घ देना रहेगा सूर्य गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार उच्चारण आपको करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा अगली राशि आती है दर्शकों आती है तुला राशि तो तुला राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है आज के दिन तो आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आज आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा परिवार में कुछ अनमन की स्थिति बन सकती है ऑफिस में कुछ नई जिम्मेदारी आपके कंधों पर आएगी खास करके आज यदि आप लोग तुला राशि के स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज आप लोगों को बहुत ज्यादा किसी के ऊपर उम्मीद नहीं लगानी चाहिए उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो तुला राशि के जात को गायत्री मंदिर का प्रातःकाल एक 108 बार जाप करिए और भगवान भास्कर को आज चांदी के पात्र में दूध डाल करके अर्घ दीजिए डूबते हुए सूर्य को शाम के समय जो हमने सूर्यास्त का टाइम बताया पांच बजकर सोलह मिनट ये आप लोग याद करिएगा ये जो टाइम है दर्शकों देखिए लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके है शुभ कलर रहेगा आपके लिए नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि के जात मेहनत के उत्तम परिणाम मिलेंगे खास करके जो लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है इंजीनियर पैसे से हैं या मैकेनिकल हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर रहने वाला है लवमेट के लिए आज का दिन नई जो है कई बातों में बेहतर रहेगा आज कई दिशाओं में आप अपने बिजनेस को आगे करते हुए नज़र आ रहे हैं शेयर मार्केट से संबंधित चीजों में आज आपको बचना रहेगा आज अधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे तरक्की के कई नए रास्ते खुलेंगे उपाय के तौर पर तो प्रयास ये करिएगा कि प्रातः काल जो है आपको पीपल के वृक्ष में जलार्पण करना रहेगा और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाइए आज सूर्य देव को शाम को डूबते हुए सूर्य को आपको दूध से चांदी के पात्र में मिश्री डाल करके अर्घ देना रहेगा अब आप पूछेंगे देखिए आप लोगों के पास लॉजिक बहुत रहता है तमाम दर्शक कहते हैं पंडित जी आप लोग तो ऐसे ही उपाय बता देते हैं दूध से पानी से क्या है देखिए दूध से बताने का एक हम छोटा सा लॉजिक देख रहे हैं जो है दे रहे हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा देखिए दूध से हमने क्यों बताया है चंद्रमा देखिए वृश्चिक राशि में नीचे जाकर के हो जाते हैं वृश्चिक राशि में जब नीचे चंद्रदेव जाकर के हो जाते हैं चूंकि ये राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है तो जो दूध है ये चंद्रमा की वस्तु है चांदी पर भी चंद्रमा का आधिपत्य रहता है तो जब आप दूध से अपने सूर्य को स्ट्रांग करेंगे, देंगे ग्रह के राजा को स्ट्रांग करेंगे तो चंद्रमा अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा तो बेसिकली यही एक जो है रीजन था देखिए हमने पानी भी पिया है हमारी भी वृश्चिक राशि है चंद्रमा नीच के हैं लेकिन दर्शकों खुद अपने ऊपर प्रयोग किए हुए हैं जब से चांदी के पात्र में मैंने खुद जल ग्रहण करना शुरू किया तब से दर्शकों आप यकीन मानिए माइंड बहुत ज्यादा शार्प होने लगा जो भी मन अशांत रहता था वो धीरे धीरे धीरे धीरे जा करके अब शांत रहने लगा है तो कोशिश कीजिए कि चांदी के पात्र में ही आप लोग भी जल का सेवन किया करिए शुभ कलर के जातकों के लिए आज का दिन रहेगा ऑरेंज धनुराशि के जातकों आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा खास करके व्यापारी वर्ग को आज उत्तम धन लाभ होगा कारोबार में नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे आज आपको काम करने के कई नए नए मौके मिलेंगे ऑफिस का काम का जो है ऑफिस का जो काम रहेगा ये आज आप लोग समय पर निपटा लेंगे परिवार में कोई गुड न्यूज़ मिलेगी परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होगा आपको कुछ अलग तरह के आज अनुभव होंगे आज किसी धार्मिक क्रियाकलापों में आप लोग भाग सकते हैं देखिए आरती पांडे जी हैं राम राम जी आशा पांडे हैं जय श्री राम जी तो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा देखिए शनिवार दिन है और साढ़े साथ चल रही है तो कोशिश कीजिए कि काले तिल का दान आज आप कर दीजिए चाय पत्ती का दान आप लोग धर्म स्थान पर कर सकते हैं अमनपाल जी प्रणाम जी बस बढ़िया हैं आप लखनऊ से हैं अमन जी और उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे अच्छे होंगे और जो भी उपाय हमने बताए होंगे वो आप कर रहे होंगे जो भी स्टोन बताए होंगे वो भी आपने धारण कर ही लिया है तो आपके जीवन में भी सब कुछ अच्छा चल रहा होगा कोशिश कीजिए आज दशरथ शनि स्रोत का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ग्रे कलर कैप्रिकॉन मकर राशि तो मकर राशि के जात देखिए आज जीवन साथी के साथ कुछ बात विवाद हो सकता है इसके साथ साथ आज मन में ऑफिस के काम को लेकर के टेंशन बढ़ेगी रोजमर्रा के कामों में मन नहीं लगेगा आज दोस्तों के साथ आपका कुछ बात विवाद झगड़ा हो सकता है उच्चाधिकारियों के साथ भी आज आपकी तू तू मयमय होगी तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा संतोष यादव जी जय श्री राम जी संतोष जी स्वागत है आपका तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर दशरथ शनि स्त्रोत का आप लोग पाठ करिए और आज कोशिश कीजिएगा भगवान भास्कर को जब आप अर्घ देंगे तो आज के दिन जब आप अर्घ देंगे तो जल में थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा शाम को डूबते सूर्य का आज आपको अर्घ देना है देखिए आप लोग व्रत नहीं है कोई बात नहीं लेकिन जो परंपरा चली आ रही है इसको आप लोग फॉलो करिए डूबते सूर्य को आज अर्घ दीजिएगा और अगले दिन जब प्रातः काल उठिएगा तो सूर्य देव को दूध से अर्घ सभी दर्शकों को देना है ये बिल्कुल मस्त है दूध से अर्घ तो सभी दर्शकों को हमारे देना है तो बढ़ते हमारी अगली राशि की ओर अच्छा अंक रहेगा चार। के रुका हुआ काम समय पर पूरा होगा खास करके कुंभ राशि के जातक हैं स्टूडेंट है तो आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा अधिकारी वर्ग आज, आज आपसे खास इम्प्रेस रहेंगे कुछ लोग आज बहुत ज्यादा आपसे उम्मीद करते हुए नजर आएंगे हालांकि आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे निवेश के मामले में कोई अच्छी सलाह आज आपको मिल सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि मिट्टी के बर्तन में आज आप लोग जल का सेवन कर सकते हैं कुल्हड़ वगैरह ले सकते हैं उसमें जल का सेवन करिए और पीपल के वृक्ष पर आज जाना रहेगा आपको थोड़ा सा वहाँ पर सरसों का तेल अर्पित कर दीजिएगा पीपल के वृक्ष पर यह करना रहेगा शाम के समय जो आपको सूर्यदेव को अर्घ देना रहेगा ये कोशिश कीजिएगा कि आज जल में थोड़ी सी इलायची डाल करके आपको सूर्य देव को अर्घ देना रहेगा सूर्य गायत्री मंदिर का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन अंतिम राशि पर चले लेकिन दर्शकों फटाफट आप लोग लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना बेल आइकन दबाइए अंतिम राशि पर चलते तो मीन राशि के जातको आज आप नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे खास करके वकीलों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा कोई जरूरी केस आज आपके पक्ष में हो सकता है जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं दांपत्य संबंध में मधुरता रहेगी कम मेहनत से भी आज आपको ज्यादा लाभ होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो गाय को आज आपको रोटी खिलाना रहेगा और कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन जो है आप काले वस्त्र का दान ये आप लोग धर्म स्थान पर जरूर करें शाम के समय सूर्यदेव को जो अर्घ देना है तो जल में हल्दी डालकर के सूर्यदेव को और अर्घ देना रहेगा सूर्य गायत्री मंत्र का पाठ करिए अगले दिन सुबह यानी कि तीन तारीख की प्रातः काल आप लोगों को भगवान भास्कर को दूध से अर्घ देना रहेगा देखिए जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं छठ पर्व से रिलेटेड तो कोशिश कीजिएगा की तीन तारीख की प्राता काल आप लोगों को से से तो आप दूध से अर्घ देना रहेगा सूर्यदेव को और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कम से कम तीन बार करना रहेगा जो भी हमारी माताएं हैं बहनें हैं जो भैया लोग भी देख रहे हैं इनको भी ये सेम प्रोसेस करना रहेगा आदित्य हृदय स्रोत मस्ट रहेगा तो ये चीज आप लोग करिए दर्शकों कैसा लगा राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप लोगों से विदा लेते हैं और दो वीडियो आज हमने डाले हैं बेसिकली शुक्र ग्रह यदि किसी का खराब है कुंडली में तो उसके लक्षण क्या क्या हैं आपके ऊपर कैसे वो लक्षण चर्चा होंगे उसके बारे में बताए हैं इसके साथ मकान सुख के बारे में एक वीडियो बना हुआ है तो ये दोनों वीडियो आप लोग देख सकते हैं नवम्बर माह का राशिफल भी पड़ गया है नवम्बर माह की शुरुआत भी हो गई है ये राशिफल भी आप लोग इसी चैनल पर देख सकते हैं वार्षिक राशिफल दो हमारे इस चैनल पर पड़ा है आप लोग प्ले में जा करके देखिए और लाभान्वित हुई दर्शकों दीजिए इजाजत लेकिन जाते जाते वही अपील सब्सक्राइब शेयर एंड वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए तब तक के लिए दर्शकों जय छठ मैया